आप में से कोई कभी ना कभी आर्टिकल और सेक्शन के बीच में कंफ्यूज जरूर हुआ होगा तो हम आपको बताते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है दरअसल आर्टिकल वर्ड का यूज हम उस लॉ के लिए करते हैं जो कि फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी सारे लॉ उसी पर बेस्ड हैं इसलिए हम उसके लिए आर्टिकल वर्ड का यूज़ करेंगे इसके अलावा जितने भी लॉस होंगे उसके लिए हम सेक्शन वर्ड का यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये इंडिया का सुप्रीम लॉ है बाकी सारे लॉ इसी पर बेस्ड है क्योंकि कोई भी लॉ हो संविधान नहीं जा सकता, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्ट हो, हो कंपटीशन या इंडियन पीनल सभी को कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को फॉलो करना ही होता है इसलिए इसके अंतर्गत जितने भी मुद्दे आते हैं उन्हें हम आर्टिकल कहते हैं और इसके अलावा जितने भी मुद्दे या जितने भी लॉ होंगे उनके लिए हम सेक्शन वर्ड का यूज करेंगे ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहे दखल न्यूज